आज मैं लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए एकदम सी हेल्दी ब्रेकफास्ट सुबह सुबह ये सी ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए और फटाफट भी बना सकते हैं बिल्कुल ही टाइम नहीं लगते हैं ये बनाने के लिए क्या क्या लिया है हमने आइए देखते हैं मैंने यहाँ पे एक कप मतलब आटा लिया है आधा कप सूजी एक छुटकी नमक हल्दी दो प्याज मैंने कटा हुआ लिया है और थोड़ी सी धनिया ऑयल दो चम्मच एक अंडा लिया है ये बेहद हेल्दी है आप लोग सुबह झटपट बना के जिसको अफी से खा के जा सकते हैं बना के बहुत ही टेस्टी है ये देख रही है मैं कितनी फटाफट कर रही हूँ ये इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कैसे ये करेंगे आप लोग देख रहे देखी रही है इस मिश्रण को आप लोग अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए उसके बाद आप लोग एक पैन गरम करके अच्छी तरह से फैला दीजिए और थोड़ी सी ढक्कन लगा के आप लोग पका लीजिए और हाँ लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए बिल्कुल ही मत भूलिए थामनेल जरूर दीजिए वीडियो तो देखते हैं आप लोग अब तक तो, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा मैंने कैसे किया, किया होगा अभी मैं कैसे इस चीज बे, बेटर को मैंने कैसे दे रही हूँ बटर अच्छी तरह मैं डाल रही हूँ आप लोग ढक्कन लगा दिया है और इसको अच्छी तरह पकने देंगे थोड़ी देर और हाँ मैं आई बटन में दे दूँगी मेरी काजू चिकन और मटन की जो रेसिपी है काजू मटन वाला रेसिपी आप लोग आई बटन में जाके मेरे को ज़रूर फॉलो कीजिए मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं मेरे काजू मटन वाला जो रेसिपी है बहुत अच्छा और टेस्टी रेसिपी है वो वाला रेसिपी देख के आप लोग ज़रूर बनाइए और बना के कमेंट में ज़रूर लिखिए कैसा लग रही है आप लोगों को और काजू मटन वाला बहुत मैं क्या बोलूँ बहुत ही टेस्टी हो रही थी मैंने खुद खाया और मेहमान आए थे उस दिन हमने लोगों उस दिन मेहमानों को भी खिलाया था मेहमान तो बोल के गई है बहुत टेस्टी हो रही है आप लोग भी खा के ज़रूर कमेंट कीजिए कमेंट करने के लिए मत भूलिए और प्लेलिस्ट में दूसरा मैंने चिकन कढ़ाही जो रेसिपी है वो डालूंगी आप लोग ज़रूर देखिए प्ले का जो रेसिपी है उस रेसिपी को भी देखने के लिए मत भूलिए ये वाला रेसिपी आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर बताइए और देखा ये कैसे हो रही है कितनी अच्छी और टेस्टी देखने में लग रही है बहुत ही टेस्टी है बहुत स्वादिष्ट है आप लोग है सुबह सुबह इस रेसिपी को बना के बच्चों से ले आप लोगों को सारा फैमिली को खिला सकते हैं और टाइम बिल्कुल ही नहीं लगते हैं झट पच्ची हो जाते हैं और इस चीज़ को खूब कम खर्चा में आप लोग बना सकते हैं बिल्कुल ही कम खर्चा होते हैं और टाइम भी कम टेस्ट भी बहुत ज़्यादा है ऐसे करके मैं अभी फटाफट से सरपाँस बना लूंगी उसके बाद आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कैसे हो रही है और ये बहुत सॉफ्ट है खाने के लिए आगे वाला वीडियो ज़रूर देखिए आप लोग ये देखिए मैंने आप लोगों को सजा के प्लेट में दिखाया है बहुत ही अच्छा हो रही है खाने के लिए मैं एक खा के आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ और साइड में मैंने मतलब मटन की रेसिपी रख रही हूँ मटन मैंने आज दिन में बनाया था वो वाला रेसिपी ये अलग रेसिपी है ये वाला भी आप लोग ज़रूर देखिए और ये सभी आप लोग या एक जो भजिया बनाते हैं उसके साथ भी आप लोग ले सकते हैं या छोले बनाकर भी ये वाला रेसिपी आप लोग ट्राई कर सकते हैं देखिए कितनी सॉफ्ट है कितनी टेस्टी है मैंने यहाँ पर छाल दिया है थोड़ा सा मिर्ची डाला है और आप लोग सहे तो डाल सकते हैं नहीं तो नहीं डाल सकते हैं ये चुबहे इतना मिची खाना अच्छा भी नहीं होता है और मैं तो अभी शाम में बना रही थी इसीलिए मैंने थोड़ी सी चटपटा खाने को मन हो रही थी और मैं यहाँ पे मीसी डाल दिया है देखिए कितना सॉफ्ट है खाने के लिए भी बहुत टेस्टी है आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए ट्राई करके मेरे को कमेंट में लिखने के लिए मत भूलिए थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए और लाइक थामने देने के लिए मत भूलिए